रे कने कला जाओ बजारोलोथिनपरिया देखे थिन सब कैसे होगले हो गए जानवर पड़ा रात भर हीर बन रहा का खाना उन्के भैंसे जानवर ठीक है हम आव जरा बजार से होलै hey! हम चलो भाजी साथ मारो सला जवाड़िया जा, <laughs> तो जा रहा ले। आज तोरा लगन आज है, सला कोड़ी है ये है। और रहा ले। कमार के ले कर के पॉइंट। जानवर खोल जानवर होता तोरा संध्या के पूछा चुका जे लेते तो अभी तो पैसा ना है बेटा हम जाए थी जानवर खोल दे और मिठाई ले ले जिलेबी ठीक न हमार बेटा बहुत समझदार है न बेटा जो जानवर खोल दे देने से तो जिलेबी मिठाई ले लेकिन ना बहु जान बड़ी तू तेज है ऐसे कर कर, कर के हम हाँ हम नहीं भी जीबो <laughs> <laughs> जा। तो तो। oh, no. चल चल चल चल चल चल थे कि करके पोट रही है थुर हाथ थुनवा कैसे लंबा कैले होनी नहीं आ <laughs> सुने था जब बाबू तो बीमारिया oh, no. अरे हाँ ठीक है याद करा देना देखिये तो बड़का बाबू के खिले लिए से कैसे आप खा है खेला है कोई टेंशन रहा है एकदम नमोनिया के तो सला दुश्मन है एक चोट खिले एकदम गायबे करिए सला जो एक खिला दे बड़ी नमूनिया तंग कर रहे बाजी सिंघारले देनो शुरू हो न टांकी तोरे पहिले जे काम करेली से करमन करिये पहिले तोरे घाट गेला बेहुदा कहे का, का भर ढीणा खाके ना घर से तई समस्या ले दे बाजी भूख लगले तब लागत तोरा भूखा अभी अभी तुरते खा के से तुरत पच गेले रे धी चला धी चोदा नो टांकी गेले चला हमरा बरी चल अभी चूचा अभी कुछ ना लिए तो पैसा सब बाछ तो तब भले कुछ खिला पिला देबो अभी लेवे, लेवे सामान ले हो? ये सारा लगा है डोरा मारले औरे। गद्दा कहे का ले देने बाजी अरे रे चल कोची बीच बा जारी हम लकर लकर जार बा जारी हम नटी लकर लगल आगे तोरा भाई न अच्छा रुक मंगवा जरा हो बड़ी जीत के जमाना है छात्र कोई भी गइंचे बोल में ज्यादा औ का ठगलो रे बिनेश्वर वाला ए बाबू ए जरा मुंह में संहार के बात कर समझ ना बिनेश्वरलाल नाथ का चनेसरा वाला रे चल बेटा चल लगाय रहा बेंचेसन जीरे भी कहीं मिलवन करते चल उन्हीं तरह खिला दो चल सुना oh no! देबे जिलेबी तो जिलेबी ना भूखा लियो तो जिलेबी जिंदगी भर खोटा पे पे लगते रहे ठीक <laughs> हो बेटा ठीक हो ठीक चल तो उन्हीं जिलेबी खिला दो एसएन जिलेबी का थूक दे थू आई हो रे मां कहो बाजी हाँ तो है यो यहीं से ले लेने दुकानदार वो तो है ये के ले, ओ ले है रे भैया प्लास्टिक लेवल लेवल हो ले ले हो जी अरे प्लास्टिक लेवल ले ले देखा है तो ले ले तो हो जाती गो सालों पर पूरा हो जाती चारो तरफ ऐसी ये लगा छोटा हो भाजी थोड़ा बड़ा ही ने बे घोगा अरे हाँ वो तो ठीक है वो तो तो तो बड़ा ले ले की पसंद करी नहीं, हो नहीं। सब तो हो, हाँ, पसंद नहीं ठीक ठीक हो हो हो सब कलर कलर ना दूसरा कहीं जी का कपड़ा खरीदे दे कलर देखे था वो बात ना हो दुकानदार भैया हमारे गैया है अगर रंग बिरंग देख दो तो ऐसा तो तो अच्छा जी जी बोला ने मुखे पढ़ो जनवर बनवा की साढ़े बारह सौ रूपए तुहरा पढ़ जीतो अरे पूरा बारह सौ रूपया जी बारह सौ पचास को चाहते पचास रूपया छोड़वा न मन के तुहरे अच्छा ठीक है भाई हम तुहरा तो कुछ कह जाती हुआ बारह सौ था चल अब तो पोलिथीन ले लिए तो जरा सा कर्मचारियों से मिल रही है बड़ी दिन से टहला रहे चारों गो के वाला दिलिये दखल खरीज करे ला से कहने करके कि ना जब जाये तक कहे कि हो जीतो हो जीतो तो जी खरी और हमारा न लेजी <laughs> मार सलालंग अब पैसा बच ले रहे। इका से लाग ले अब ले रहे इका से सब में चल दिन है लिया ना ना देख माथा खराब कर जा देखो कहे थे जबरदस्ती कर्मचारियों से मिले दे उठ जीती फिर कर्मचारियों तो चक्कर में रहे प्रणाम कर्मचारी साहब खो जा है एक के वाला के दस हजार लगते महतो जी ला कहा बोल है ओ अरे तू कारण कर्मचारी साहब कहा तू टेंशन नहीं रहा तुरा साहब तु तो पाई पाई दे दबो ऊपर से खाए पीए मर भी दे भर <laughs> <laughs> दे मातो जी पिए देहा <laughs> अरे कहे मारो कर्मचारी साहब आज छह महीना से टहलावे था अब यही बात है पहले बोलता है पैसा लेव कर वो व्यवस्था करती है महाराज अभी कुछ बिगाड़े महत्व जी, oh, no. जी, जी पचास जमा करा तुरा तेरा बहन के बड़का फेरा एकदम है एकदम डकैत कर्मचारी है <laughs> खड़े-खड़े <laughs> अरे रहे हैं थी तो तो चुप रहे oh no! लिखा गलेट लेता थी अरे चुप रहने थी चौदह सरा जितना दिमाग रहते उतने न बोल मारे जब तक देखल खारिज न हो डिड पर से उतरा है कर ओकरे पर डिमा ना बचा तो तू झुनझुना ले ले रहे खाली जूटू मटू के केवाला के के <laughs> अरे चुप रहा मारा तुरस के बात ना हो ये अफसर शाही राज है। तो दे भी पड़ता दे बाबू तो फिर जाही तीनों तीन लोग से कम है तो जी तोरे बेटा हो बड़ी गरम से बोल रो जी छोड़ा न कर्मचारी है अभी ये बाप के होटल में खाए थे अपन दहिया पर परते ने समझ में का हुआ है ओह नो ठीक हो सर जा तो पैसा कौड़ी व्यवस्था करके वो प्रणाम प्रणाम प्रणाम खुश रहो बाबू जल्दी व्यवस्था करके मत जी हाँ हाँ बापा नकार है जल्दी व्यवस्था करता अयोज लगा भी हाँ वही तो है फिर पुछी ने नो <laughs> बाकी बहन चो बजा है लो बहन चो पूछे कहीं तो पूछे देना <laughs> भी नहीं चा खुश रहे बेटा और सुनाओ ताई सुना धान उन चा दर वाले के चल वाला के कुटाये मेरे। अरे वाला वाला अरे में तो चला रुक रुक रुक रुक रे बेटा हम बता दे आज तो फाड़ तो चपल वाल तताबे तो